या आपको पता है एंड्रॉइड नाम असल में एक इंसान से आया है इसके पीछे क्या कहानी थी और क्या वजह रही सब बताएंगे तब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में एक सेकंड भी नहीं लगता आपकी एक लाइक सब्सक्राइब शेयर से हमारे चैनल को आगे ग्रोथ मिलता है तो प्लीज जरूर कर लेना दरअसल बात ऐसी है की एप्पल में एक एम्प्लोई का नाम एंडी रूपी था और उसकी टीम ने उसका नाम बदल के एंड्रॉइड रख दिया क्योंकि उनको रोबोट से बहुत ही ज्यादा प्यार था पर बाद में वो एप्पल को छोड़कर गूगल में चले गए और वहां जाके उन्होंने एंड्रॉइड का आविष्कार किया और उसका नाम दिया गया एंड्रॉइड फोन